छतरपुर शहर के मेला जल में अश्लील डांस का मामला ठंडा नहीं हुआ था कि राय नृत्य में डांसर के के साथ नगरपालिका कर्मी छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है नगरपालिका कर्मी कुछ समझाने और कहने के बहाने महिला डांसर के साथ छेड़छाड़ करता दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड के प्रख्यात और पारंपरिक राजनृत्य के दौरान नगर के भरे मंच पर एक नगर कर्मी मुकेश श्रीवास ने नृत्य करने आई नृत्यांगना से छेड़छाड़ कर दी छेड़छाड़ पर असहज महिला ने नगर पालिका कर्मी को अपने से दूर कर दिया वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरह नगर पालिका कर्मी महिला डांसर के करीब आकर उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इससे पहले भी मेला जल विहार में अश्लील डांस का मामला सामने आया था